तलवार धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए रक्त के प्यासे महारथी एक दूजे सम्मुख अड़े हुए कई लाख सेना के सम्मुख पांडव पांच बिचारे थे एक तरफ थे योद्धा सब एक तरफ समय के मारे थे महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी लेकिन पार्थ के रथ को तो खुद के शव रहे थे जी रणभूमि के सभी नजारे देखने में कुछ खास लगे माधव ने अर्जुन को देखा अर्जुन उन्हें उदास लगे कुरुक्षेत्र का महासमर इक पल में तभी सजा डाला शंख उठा मुख से फूका और बजाड़ाला डाला हुआ शंखनाथ जैसे ही वैसे सबका गर्जन शुरू हुआ रक्त बिखरना शुरू हुआ फिर सबका मर्दन शुरू हुआ श्री कृष्ण ने बोला उठो पार्थ और एक आंख को, को खींच जरा आज दिखा दे रणभूमि में योथा की तहसील यहाँ इस धरती पर कोई नहीं है अर्जुन जैसा वीर यहाँ इस धरती पर कोई नहीं है अर्जुन जैसा वीर यहाँ इस धरती पर कोई नहीं है अर्जुन जैसा वीर यहाँ इस धरती पर अर्जुन जैसा अर्जुन जैसा अर्जुन जैसा अर्जुन जैसा सुनी बात माधव की फिर अर्जुन का चेहरा उतर गया एक धनुर्धारी की विद्या मानो चूहा कुतर गया बोले पात सुनो काना जितने सम्मुख है ये खड़े हुए इन्हीं सभी से सीख सीख हम सारे भाई हैं बड़े हुए उधर खड़े हैं भीष्म पिता मुझको गोद खिलाते थे गुरु द्रोण ही धनुष बाण का सारा ज्ञान सिखाते थे सभी भाई पर प्यार लुटाया कु में कोई कवि ना छोड़ी कवि थी उस माता गांधारी ने ये जितने गुरुजन खड़े हुए है सभी पूजने लायक है माना दुर्योधन गुशासन थोड़े से न लायक है मैं अब क्षमा ताहूं बेशक हम ही छोटे हैं जैसे भी हैं हैं आखिर माधव के बेटे से भूभाग हिंसक नहीं बनूंगा मैं सुन लगाकर अपना सक नहीं बनूंगा मैं अपना हाथों का होता राजभोग अधिकार नहीं सबको मार के गति मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं रथ पर बैठ गया अर्जुन मन अपना क्यों था मोड़ दिया आँखों में आंसू भर के कांडीव क्यों हाथ से छोड़ दिया छोड़ दिया मतलब तुम युद्ध नहीं पौत्र बहू को नग्न देख कर गंगा पुत्र नहीं खोले पौत्र बहू को नग्न देख के गंगा पुत्र नहीं खोले कोई जवाब देगा इस बात का और अर्जुन तुम तुम कायर बनकर हो बैठे पार्थ बड़ी बेशर्मी है संबंध उन्हीं से निभा रहे जो लोग यहाँ पे अधर्मी हैं धर्म के ऊपर आज यहाँ पे भारी संकट खड़ा हुआ और तेरा के गांधी रथ के कोने में पड़ा हुआ धर्म पे संकट के बादल तुम छाने कैसे देते हो कायरता का भाव ये मन में आने कैसे देते हो सारी सृष्टि को भगवान बेहद गुस्से में लाल दिखे देवलोक ऐसी देव डरे सबको माधव में काल दिखे कान खोल सुनो पार्थ मैं ही त्रेता का राम हूँ कृष्ण मुझे ही कहते सब द्वापर का घनश्याम रूप कभी धर के मैं मैं ही केश बदलता बदलता धर्म बचाने की खातिर विष्णु जी का दशम रूप मैं परशुराम मत वाला हूँ नाग कालिया के फन से मैं मर्दन करने वाला हूँ बांकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया नरसिंह बन के धर्म की खातिर हिरण्य कश्यप